करनाल के सेक्टर 13 की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी देना चाहेंगे कि करनाल के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर जो है गोलियां चल जाती हैं तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा ये जो फ़ोन स्क्रीन पर आप एक शख्स को देख रहे हैं इन्हीं का ही फोन आता है और इन्होंने ही जानकारी दी है कि गोलियाँ चली हैं पूरा क्या वाक्य है बात करने की पूरी कोशिश करेंगे जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा इससे पहले भी अगर हम करनाल जिले की बात करें करनाल जिले में इससे पहले भी गोलियां चलने की जो वारदातें हैं वो लगातार देखी जा रही है और आज फिर दोबारा से इस शख्स का फोन आता है और साफ तौर पर इनका कहना है कि साहब लेन का मामला था और जिसके चलते जो है जो दूसरा पक्ष है वो गोलियां चला देता है क्या कोई इसमें कोई जख्मी हुआ है बात करने की पूरी कोशिश दे करेंगे दे आप इस वीडियो को शेयर करें भैया क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे बात करेंगे क्या करेंगे क्या हुई कबलों का आना है आपका? गगन जी तो क्या भाई का फोन आया था सुनो मैं मिलने गया सौ बावन नंबर पे मिला नहीं एक सौ बावन नंबर बैठ जाए मैं आ रहा हूँ यहाँ मिलता नीचे मिलना मुझे आप भाई ऊपर नहीं मिलता नीचे मिलना कह रहा कोई बात नहीं तू बैठ तो सही मेरा आ लग रहा मैं आधे कह रहा आधे घंटे में इसके आधे घंटे बाद फोन आया इसका दोबारा फिर कह रहा मुझसे भाई काम मिल भाई कहा मिलना मैं मिलने चला 155 नंबर पे अब 155 पचपन नंबर खड़ा गया तो मिला मुझसे ये तो मुझे नहीं मैंने भैया मिल लो गई गड्डी नंबर भाई गड्डी पर आए क्या गड्डी में बैठ मैंने कहा भैया बार बात कर लो मैं से भैया बात ही करनी है तो गड्डी उठा गया मैं कहता चल अभी गड्डी चला ली मैं कहाँ लेके जा रहा क्या भाई अभी आ रहे वापसी मुझे बड्ली बाईपास ले गया वहाँ ने हत्यापाई की मैं बहुत मारा मुझे और अपनी पिस्टल से बंदूक से मुझे कन्वर्टी पे भी रखा मुँह पर भी रखा मुंह खोल अपना मुंह खोल के मुँह खोल मुंह में पत्तम गोली ये बात थी और कहना मतलब ने एक, एक लौ, भी किया मैं साइड में मुझे लगी नहीं है यहाँ साइड में चलाई है यहाँ पे कितने फायर चलाए एक चलाया जी एक हाँ क्या कितना देना था आपने मैंने एक लाख देना था फिर मैंने इसको उठवा दिया पैसे किसी बंदे को मैंने फोन किया मैंने उठवा दिए ऐसे ऐसे किसी बंदे को फोन किया मैंने मैंने कहा किस्मत अच्छी है तू बच गया बस बर... कितना कितना पैसा कब लिया था आपने? तीन महीने पहले लिया था मैंने तीन महीने पहले तो कितना ब्याज दे रहा था उसको दे रहे थे हाँ दे रहे तो उसके बाद भी उठा ले गए बात भी उठा कर ले गए हाँ। बल्ली बाईपास हाँ। तो क्या, क्या, मतलब क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं मैंने कहना जब तो पता लगना चाहिए जैसे गोली चलाते हैं इनकी इतनी हिम्मत होगी जैसी मेरे पे बिना मतलब गोली चलाई है बिना मतलब दिया गया है इनको पता लगना चाहिए मेरे हिसाब से सुनने में पुलिस वाला भी है पता लगना चाहिए भाई तो पुलिस वाला कौन है इतने? जो ये मेरे बोलिए नाम, नाम क्या है संदीप पहलवान इसका नाम सुनने में आ रहा है पुलिस वाला है मुझे नहीं। I'm, मुझे नहीं बताइए पुलिस वाला है या नहीं है वो सुनने में आ रहा है पुलिस वाला है चलिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है लेनदारी देनदारी कितनी की थी आपकी कितनी देनदारी थी मैं एक पिट्टी की थी एक लाख रुपए एक लाख रूपये और अपहरण कर तो को भाई पर मैंने एक दो दिन की मैंने टाइम मांगा इन्हें मैंने सुनी नहीं किया अभी उठवा अभी चाहते हैं अभी मंगा अभी अभी मेरे पैसे पैसा कितना बना लिया दो लाख सत्ता मैंने पहले दो पेटवाई फिर दो सत्ता उठवाई मैं दो सकते आपने पैसे लिए मैंने तीन मिनट लिए थे ये, ये, तो ये थे थे लोग तो लो कितने थे और किस गाड़ी में ले गए थे? दो, दो, दो, दो बंदे थे जी। एक बंदे ने मुझे मारा मैं दूसरे बंदे ने मुझे मारा नहीं एक ही मारा उसने बस हल्का सा हाँ। लाद मारी बोला तो उसने हल्का लात मारी थी तो बस लाद मारते थी तो किस गाड़ी में उठाकर ले गए इक्यासी नंबर थी ये नहीं पता कौन सी के हाँ। तो आप हमें ये भी जानकारी दें पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इस विषय ने जी जी जा में कल की था की पुलिस ने क्या कार्रवाई की कल फिर मुझे पुलिस ने बुलाया इसको बुलाया कहती आपस में तुम्हारी निपटती हो तो निकालो फिर कहता है दस मिनट का टाइम आपके पास जी फिर भी मैं करके बोला ये कहता मैं छह छह महीने में वापसी आ जाऊँगा पे देख मेरा अच्छा। दे। नाम गगन है आप तो देख सकते हैं गगन है और किस प्रकार ऐसी इन्हीं के ऊपर जी हाँ गगन के ऊपर जो है हमला होता है जितने भी लोग इस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं करनाल सेक्टर तेरह की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और पुलिस से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं है, क्या नहीं मैं क्या बताऊं? बताऊ अच्छा जब मेरे को पता नहीं किसी चीज का भाई क्या नाम की गिरफ्तारी हुई है एक ही बात कर रहे हैं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस केस के बारे में मैं क्या बताऊँ आपके ये बताऊँ राजवीर जी आप आखिर इस चौकी के अंदर हैं और इतना बड़ा मामला है गोली चलती है अपहरण होता है लड़के का उठा कर ले जाते हैं दूसरी जगह पर उसके बाद भी आपको चौकी में रहने के बावजूद इस बारे में मालूम नहीं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, इस केस के बारे में क्या कुछ क्या नहीं है जो आइए साहब के पास केस है उनसे जो भी बात करनी है आपने उनसे बात कर लेना कहाँ गए हैं इंचार्ज कोर्ट में गए हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया एक को गिरफ्तार भी किया है जी। बाकी जो भी है आईओ साहब खुद इंचार्ज साहब इन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो भी होंगे इंचार्ज साहब है? है है? है उनका नाम है जी संदीप कुमार वो जींद के ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ जी क्या काम करते है फाइनेंस का क्या करते हैं इसके बारे में भी सब आईओ सा हमारे पास तो जी फोन आया था रात को की ये कम्प्लेट आई थी तो मुदई ने कंप्लेंट दी तो और मौके पर जाके इंचार्ज साहब खुद गए थे और उन्होंने उनको उनके मौके पर एफ आई आर दर्ज करवाई और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई बनती आगे इंचार्ज साहब कुछ तो नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है असला उछला कुछ नहीं हमारे गाड़ी भी एक इक्सी नंबर की गाड़ी भी बताई जा रही है सर अभी तक गाड़ी कोई बरामद नहीं हुई है असला नहीं हुआ है जो भी है इसके बारे में इंचार्ज साहब ही खुद बता सकते ये जो कन्फर्म नहीं हो पाया जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके बारे में जो भी जैसे जानकारी मिलेगी आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा जी धन्यवाद देखिए किस तरीके से, हालांकि आपको ऐसी तो बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल से सेक्टर 13 में काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हरियाणा के करनाल जिले की जी हाँ हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और किस प्रकार से और दिहाड़े जो है गोलियाँ चल जाती है उनका युवक है जो की सर आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा बस मैं तो यही कहना चाहूंगा की सख्त सख्त कार्रवाई और जिन्होंने नजायज करी है लेन के मामले में ऐसे नहीं है लेकिन और वहां पर मारोगे और फिर गोली टांगोगे फिर उसको पहले केवल खेल खेलेंगे और बहुत बुरी करी है, करी है है बहुत ज्यादा और वो वो भी अल्लाह नहीं होता तो बच्चे को निजाज ही मार देता और ये तो प्रशासन ने रात अच्छा पुलिस प्रशासन था जिसने कार्रवाई रात तो रात अच्छी कर दी है बहुत अच्छा प्रशासन मैं प्रशासन की बात करूंगा बहुत अच्छा प्रशासन था हाँ। और उसने अपनी गड्डी बदल के आया गड्डी जिस गड्डी में कैनैप करके ले गया था वो गड्डी बरामद होनी चाहिए और वो जो बंदूक थी वो बरामद होनी चाहिए कि लाइसेंस दी और दो नंबरी थी हाँ तो गगन की क्या संदीप के साथ पहले कोई जानकारी कहूंगा की फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी है अच्छी करी है मैं प्रशासन को दीप के साथ जानकारी थी पहले भाई वो उसके साथ मैं इस बारे में तीन महीने पहले से तीन महीने पहले का लेन देन तीन तो महीने का उसका लेन देन था पहले भी कोई था दोस्ती थी या कुछ दोस्ती थी या नहीं थी मैं इस बारे में नहीं संबंध है गगन मेरा बेटा है और इधर हाँ मैं क्या कह के पिता हूँ मुझे भी आज जब कोई लेन देन थी कोई बात थी मेरे से आगे बात करते मेरे से बातचीत करते बिल्कुल है तुमने इतना मोटा मीटर को मार दिया पेट्टी का पहले तो तुम ब्याज खाते रहे रोज का फिर तुमने उसका दो सत्तर बना दिए फिर तुमने वाला भी ले लिया कह दिया तुम्हें तो तेरी तो किस्मत अच्छी नहीं तो तेरे को ये मार देते सुनसान घाट के पास ले आके वहाँ पर मारा जो इतना मारा है उससे मुँह देख लो मैंने तो कह दिया था इसे ये तो बेवकूफ रहा मर जाता है जैसा को मार देता ऐसे को तो यार मार मर गया आया था घर पे मैं तो सवर कर लेता मार देता ऐसे ऐसे के साथ तो ऐसा होना चाहिए तो गिरफ्तारी तो, हुई है गिरफ्तारी तो अच्छी कर दिया प्रशासन ने क्या नाम है आपका सर मेरा राकेश काम प्रॉपर्टी का काम हैं का है और किस प्रकार से इनके बेटे पर हमला हो जाता है और गुस्सा भी गुस्सा भी जायज है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें हरियाणा के करनाल जिले के सेक्टर तो तेरा चौकी से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर किस प्रकार से किस प्रकार से सही ना तो किस प्रकार से गोली चलने की बात जो है वो सामने आई है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गगन से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं क्या नाम क्या उसका संदीप पहलवान संदीप पहलवान आप उसे कहाँ मिले थे मामला क्या था क्यूँ चलाई उन्होंने गोली गोली चलाई तो मैंने उसको एक, एक लाख रूपये देखा था एक लाख आपने मेरे फोन आया मेरे फोन आया थे भाई कहा क्या है भाई गगन मैंने कहा भैया यहाँ पे हूँ मैं तुम तो क्या मिलना था मैंने कहा यार तुम तो एक बार मिलने गया मिला नहीं मुझे दूसरी बार मिलने गया गड्डी में उठा मुझे बली बाई ले गया जब शमशान से पहले शमशान है बली बाई पास पे जब उन्होंने संस्कार होते थे उनके आगे मुझे उससे पहले उनने मुझे हटा पाई बढ़िया अपने पैसे लेकर वापस नहीं दिए थे ब्याज दे रस्तों में एकदम उस, उसने कहा इस बंदे का पता निकाल एक बंद किसने पैसे उसने भी लेके था ये बंदे का पता निकाल मैं क्या भैया मुझे पता नहीं है वो कहा तीन महीने पहले आपने तो पैसा आपने लिया, लिया था और वो बोल रहे हैं कि दो लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है ये कैसे संभव है भैया जी एक लाख किसों ने लिए थे वो भी क्या उस टू आउट दो लाख सत्तर आउट हाँ मैंने एक लाख लिए थे भैया लाग के कि दो पहले दो पिट्टी तो वाइफ पर दो सत्ता तो आपने आपने फिर कितने पैसे लूटाने की बात कही उनको है? आपने कितने पैसे लूटाने की बात दो लाख सत्ता जाएगी अच्छा तो आपने बोल दिया चलेगी आप ये देख सकते हैं गगन जो है काफी घबराया भी जरूर हुआ है क्यूँकी इस प्रकार से जब हमला होता है तो क्या बीतती है वो बंदा ही जानता है फिलहाल आप ये देख सकते हैं करनाल सेक्टर तेरह की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रही है ये बड़ी खबर है इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी वर्ष करें और वही दूसरी ओर इस पूरे मामले में एक की गिरफ्तारी तो तो नजर आ रहा है तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर थर्टीन की तस्वीरें हैं जहां पर गगन नाम बताया जा रहा है जिसके ऊपर गोली चला दी जाती है दिन-दिन का यह मामला उभरकर सामने आया है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें आप अपडेट आपको देखते रहेगी बने रहेगा करनाल को